हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किसी का भी सिम इस्तेमाल करते हो वो किसके नाम पर है उसकी जानकारी आप पा सकते हो और वो उस फ़ोन को आप ट्रैक भी कर सकते हो आपको ऐसी एक, एक एप्प्लीकेशन के बारे में बताएंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है आपको यहां लिखना है मोबाइल नंबर ट्रैक इसको आपको ओपन करने के बाद आपको बहुत सारी एप्लीकेशन यहां देखने को मिल जाएगी लेकिन आपको इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा इसको आपको यहां से आपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ परमिशन को अलाउ कर देना है फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको थर्ड नंबर पर नंबर ट्रैक पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ से आप जो भी अपना मोबाइल नंबर को ट्रैक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर लगा लेना है जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा लेता हूं मोबाइल नंबर यहां पर लगाने के बाद आपको यहाँ ट्रैक ऑन मैप पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर कुछ ऐड आएगी इसको आपको क्लोज कर देना है तो यहाँ पर ये यह आपको एग्जैक्टली लोकेशन आपको दिखा देगा और आपको अगर ये देखना कि ये सिम किसके नाम पर है तो आपको यहाँ से बैक जाना है और यहाँ से आपको दिखा देगा कि ये सिम किसके नाम पर और कौन सी कंपनी की ये सिम है ये राजस्थान जैसे कि यहाँ राजस्थान दिखा रहा है बी की सिम है यह, ऐसे आपको कुछ इंटरपेस दिखा देगा तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ